ये वो है जिसकी वजह से घर वाले मेरी रोज कुत्ते वाली करते हैं लेकिन तू मेरी जान है मेनू नहीं फर्क पैदा बोलता रहे जो बोलता